सो so भाई लोग आप देख रहे हैं मैडम आप तो भाई लोग आज हमारे गेम पहला वीडियो और पहले में। बहुत आते हैं खेलने में भैया गोम की मेहरबानी है जो हम खेल रहे हैंगे भैया फ्री में दे दी थी उन्होंने चलो भाई देखते है आज हमें क्या करना है कौन सा मिशन करने हैं और क्या करना है गाइस तो बने रही है हमारे साथ तो भाई देखते हैं कहाँ जाना है चलो ठीक है अभी हमें जाना है सी के पास तो भाई बेसिकली इस गेम के थोड़े बहुत मिशन मैंने कर लिए थे तो भाई मैं बता देता हूँ क्या हुआ तो भाई क्या कहते हैं तो इसमें तीन करैक्टर हैं इतना तो आपको पता ही होगा बहुत टाइम से देखते हुए आ रहे हो तीन करैक्टर हैं माइकल ट्रैवर और फ्रैंकलिन तो भाई माइकल का सीन यह है कि भाई माइकल ने पहले कुछ सालों पहले बैंक प्रॉपरी करी थी उसके बाद उसमें मरने का नाटक करके वो लॉ सेंटोस में शिफ्ट हो गया था तो भाई उसके बाद और ये फ्रैंकलिन वहीं पे रहता है इसका बेसिकली फ्रैंकलिन काम करता है मतलब ये सीमियोन के पास काम करता है ये गाड़ियाँ उसके कहने पे गाड़ियाँ चुरा के लाता है तो भाई देखते हैं अभी सीमियोन ने किस लिए बुलाया हमें और देखते हैं क्या काम दिया भाई गाड़ी चुराने के लिए बुलाया होगा और, और किसी लिये तो बुलाया नहीं होगा तो देखते चल किस के किसके घर पर जाना है क्या करना है क्या पता है क्य और काम से बुलाया हो सीमियन ने क्योंकि लास्ट टाइम जब हम इसके लिए काम करते हैं इसके लिए बाइक चुराने गए थे तब वो काफ़ी तगड़ा लकड़ा हो गया था कहीं उसकी वजह से क्यों बुलाया देखते हैं क्या हुआ है तो कि पहुंच गए हम देखते हैं अभी मिलते हैं उससे You're बात करते हैं हा बेटा मजा मस्का oh, so लगा रहा भाई, भाई क्योंकि हम इसके लिए बहुत okay, so बढ़िया काम करते हैं 7 बजे थे शाम के ही इज ऑलरेडी लेट ऑन हिज पेमेंट्स एंड आई हैव दिस बैड फीलिंग दैट ही विल डू मोर डैमेज टू द कार देन वी कैन गेट बैक फ्रॉम हिम इन द एक्सॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट पेमेंट्स जस्ट गो एंड गेट इट द हाउस इज ऑन हम्स्टेड ऑफ इक्लिप्स इट्स एन एसयूवी सम रॉकफोर्ट हिल्स डैडीज बॉय नॉनसेंस डोंट वरी अबाउट दैट Try to bring the car back in good condition, huh? Eh? I got you. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in uh, law school, huh? Eh? तो ओके भाई इसने हमें बता दिया हमें क्या करना है भाई किसकी जेम डिसेंटा के यहाँ जाना है और गाड़ी चुरानी है जाके हमें भाई मेरे को पर एक डर लग रहा है कि ये जेम डिसेंटा कहीं जिमी तो नहीं माइकल का बेटा क्योंकि अगर माइकल का बेटा हुआ तो हमारी गंदी लगने वाली और फ्रेंकिल अभी माइकल से मिला नहीं है उसे जानता नहीं है कि फ्रें माइकल क्या बुरी बला है भाई हमने तो देखा है हमने पहले मिशन किए हैं उसके साथ तो भाई देखते हैं यार कहीं बस हुआ मांग रहा हूँ उसके घर में क्योंकि अगर उसका हुआ तो भाई गंदी लगा देगा अगर भाई करना तो पड़ेगा ही कैसे भी करे पूरे पर देखते हैं जल्दी से छुप छुपा कर जाएंगे बस माइकल के नज़र में ना आ पाएँ और माइकल को पता ना लग पाए कि किसने किया है ये कार्ड तो भाई देखते हैं जल्दी से पहुंचते हैं और भाई बेसिकली माइकल का सीन ही है भाई माइकल को बहुत खुबहार आदमी भाई वह अभी मतलब वो सारे काम छोड़ चुका है सारी मतलब गुंडागर्दी गैंगस्टर वगैरह काम छोड़ चुका है पर भाई मेरे को लगता नहीं है कि भाई अलह सेंटर वाले छोड़ने देंगे अभी देख लो उसके घर पर देखते हैं भाई उसका घर ना निकले देखते हैं हैं उसका कॉल आ रहा है का चलो बात कर लेते इसे hey, the insurance papers say they have a locked garage so you'll need to gain access from inside the house okay. Man is never Dubai management aap log ko bataya tha na isse pehle wale mission mein humne kuch bike churane ke liye isme bheja tha to bhai wahi keh raha hai ki woh bike tum hi rakho kyunki woh bike to last mein mission ke last mein Lamar leke chala gaya tha to isne frankly le li thi to bhai simon keh raha hai ki bike tum hi rakho to koi nahi dekh le ke baat kar le ke baad mein usse abhi pehle mission pe focus karte hain jaate hain भाई मेरे को रास्ता तो वही लग रहा है मेरे ख्याल इसने माइकल के घर पे ही भेज दिया है मैं वो भाई साह यार ये या, इसने माइकल के घर पे भेज दिया बस जैसे, जैसे भी करके हमें शांति से देख हो जाए मिशन भाई माइकल के नज़र में नहीं आए थे देखते हैं अब अंदर कहाँ से जाना है पहले चलो इधर से जा सकते हैं चलो वो भाई कार्ड नर खड़ा इधर चलो पहले इसे शांत करते हैं भाई नहीं तो ये सबको बुला लेगा और माइकल को पता चल गया तो भाई वाट लगा देगा मारे चलो इसे पहले शांत कर देते हैं ओके ओह भाई ये तो एक ही में डेर हो गया भाई ये तो बट कतई नाजुक झुक के लिएता ये तो चलो इससे देखते हैं और देखते हैं अंदर जाने का रास्ता क्या क्योंकि मेरे यहाँ से घर है तो खुला नहीं है अंदर जाने का रास्ता देखते हैं कहाँ से है देखते हैं इधर हाँ तो भाई चलो इधर खिड़की खुली है तो इधर से निकल लेते हैं भाई बस कोई मेरे को देख ना ओके शांत अब आराम से जाना पड़ेगा मेरे को एकदम शांत से ओके तो भाई चलो चलते हैं जल्दी से और गाड़ी के पास जाना है बेसिकली हम नीचे गरैच में अब भाई कोई देख ना ले जब तक हो भाई यार जी बी ने मेरे को देख ले जैसे कि वो तो भाई मिशन फेल हो चुका है चलो कोई नहीं हम दोबारा से आते यहाँ पर और इस बार शांति से बिल्कुल चुपचाप से जाएंगे और किसी को पता नहीं लगने देंगे भाई जल्दी से हमें गाड़ी के पास जाना है चलो तो दोबारा हम पहुँच गए और चलते हैं हम नीचे भाई इस बार कोई ना देख ले भाई आराम से चलना हाँ बिल्कुल ऐसी शांति से देखते हैं ये क्या कर रहा है हाँ फिर गेम खेलने में लगा पड़ा है भाई ढंग की गेम खेल तो पूछिए खेल बढ़िया गेम है चलो तो चलते हैं आगे चलते हैं Oh भाई, भाई, फोन बात कर लिया, कोई दिक्कत नहीं तो है घंटों से चलो तो भाई बड़ी शांति से आना पड़ेगा चलो कोई दिक्कत नहीं है ओके भाई हम गाड़ी के पास पहुँच चुके हैं तो, तो, लो हैं तो, तो लो भाई लोग अगर आप अभी तक इस वीडियो में तो लाइक कर दो शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो तो भाई लोग मैं आप बता देता हूँ सिर्फ नहीं लाएंगे, और भी काफी चीजें आने वाली है आपके लिए GTA 5 के के मोड्स ट्यूटोरियल्स भी आपके लिए बड़े मजे आएंगे आपको बने रहिए हमारे साथ सब्सक्राइब करो यार बड़े आएंगे आगे आपको तो भाई देखते हैं अभी ये सिमोन को फोन करके बोल देते हैं उसकी वजह से कभी भाई हमें लफड़ी खेलने पड़ जाते जैसे पिछले वाले में बाइक से हमें लेना पड़ गया था मेरे को लग ही रहा था भाई भाई भाई माइकल माइकल पकड़ लेगा बहुत था भाई। उसने पकड़ लिया भाई।, भाई वो चुपचाप से गाड़ी के अंदर छुप गया था अंदर आते हुए समझाते है हमें न बारे भाई कुछ नहीं क्यूँकी उसे भी पता होगा भाई हमने यार या कोई नही भाई कोई सीख जाएगा तुम्हारा भाई भी गाड़ी चलाना कोई नहीं चलो अभी चलते हैं आ रही है You're हमें मारे ना बस हम चलो कोई नहीं वैसे माइकल को भी पता है कि मेन बंदा uh, हम नहीं है जिसने हमें भी किसी hey, ने भेजा हुआ पैस तो है पैसे देके करता क्योंकि उसमें सब कुछ पर वो भी, भी, भी पैर लगे रह चुका है सारा चीज चलो चलते हैं तो माइकल ने सिगमन का नाम ले दिया लगने वाली है क्लास बहुत सस्ती क्लास देखा भाई माइकल भाई me and mr yettarian we'll okay this to jaldi se simon ke paas hey man is just up here okay stop the car okay to bol chuke hai Hello. simon ke room so, ke paas Yeah, place, तो भाई भाई ले रहा है माइकल भाई भरोसा भाई, भाई कौन भरोसा करेगा उसके घर में कोई नहीं धीरे धीरे भरोसा भरोसा करेगा बाद भाई यार माइकल कह रहा है ग्लास में भीड़ दो जाके गाड़ी और सीधे अंदर ले चलो गाड़ी कहीं रोकना नहीं तो चलते से चलते हम लोग भाई माइकल कल भाई बहुत भाई भाई भाई भाई यार तो हो हो जाएगा देख के गया भाई अब लगाया क्लास क्लास चलो कोई को तो मिल गया निकल रहा है चलो अब भाई माइकल मुझे इससे मजे मैं कहा बचेगा तू पिटेगा हाथ बेटा बोल पत्ती कर ले भाई तू हमारे घर पे भाई माइकल के घर पर फालतू में रुक जाओ अभी इसने ये गाड़ी चुराने के लिए भेजी थी मैं इसी गाड़ी में बैठ के मारूंगा इसे भाई गाड़ी की हालत तो वैसे भी खस्त हो चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं इसी में भीट के मारेंगे इसे अभी रुक जाओ सिम को ये ले You recognize this car, huh? Does it look like it's worth five grand a month to you? You fucking racist! Oh, <laughs> racist <laughs> boy. Yeah. <laughs> oh, boy, I'm going to have a good time. Once more, boy, I'm going to have a good time. Tell you what, serious bodywork, or it's worth five grand a month? Yeah. Oh, boy, so. Ah, he agreed to financing. I have his signature. Yeah. सही बात है यार ऐसे किसी को भी भेज नहीं सकते भाई तुम उसके घर पर और भाई अगर कोई दिक्कत भी थी तो उससे सीधी डायरेक्टली बात करनी चाहिए थी भाई माइकल बात सुन लेता उसकी और ऐसे उसका रिजॉल्व भी कर देता उसकी प्रॉब्लम भाई कोई दिक्कत नहीं थी तो चलो कोई नहीं ये मिशन हमने कंप्लीट कर दिया है और जब तो भाई, भाई अब तक बने हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे रहा और भाई बहुत आगे बहुत अच्छी चीज़ें नीम मान लिया और बहुत सारे गेम प्लेस आएँगे हर चीज़ के गेम प्ले लाएंगे हर गेम खेलेंगे आप कं कंसोल वाली गेम नहीं खेल पाऊंगा क्योंकि तो कंसोल नहीं है तुम्हारे भाई के पास पीसी ही है तो पीसी की सारी पी की जितनी भी गेम है सब खेलेंगे सब मतलब ट्रिपल ए टाइटल जितनी भी है सब तो भाई सब तो खेल ही नहीं पाऊँगा भाई बहुत सारी गेम है पी की तो भाई ट्रिपल ए टाइटल जितने भाई सारे खेलेंगे तुम्हारे भाई सारे बढ़िया बढ़िया गेम प्लेय चलाएगा तुम्हारे लिए और बहुत जल्दी जी टे की ट्यूटोरियल सीरीज भी आने वाली है तो बने रहिए हमारे साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मात्रा मिलते हैं अगले इंडिया में